देश के 56 शहरों में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब प्राइड ग्रुप ने मध्य भारत के प्रमुख शहर भोपाल में दस्तक दे दी है तमाम सुविधाओं से लैस प्राइड होटल भोपाल में ठहरने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराएगा इस होटल को भोपाल के कोलार इलाके में बनाया गया है जहां से पर्यटक बाजारों दर्शनीय स्थलों और अन्य कमर्शियल स्थानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं जिन्हों की नगरी स्मार्ट सिटी भोपाल की अपनी एक अलग पहचान है भोपाल इस समय देश में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे मुफीद शहर बन चुका है ऐसे में प्राइड होटल ग्रुप ने प्राइड होटल भोपाल लॉन्च कर होटल इंडस्ट्री में एक कदम और जमा लिया है भोपाल आने वाले मेहमानों और पर्यटकों के लिए प्राइड नया ठिकाना है प्राइड होटल ग्रुप के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर एस पी जैन ने होटल लॉन्च के दौरान कहा कि अनुपम पंडित भोपाल शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और वो अग्रवाल पावर प्राइवेट लिमिटेड के सफल प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं जिनका देश के पांच राज्यों में कारोबार है हम अपने ब्रांड विस्तार के लिए भोपाल में उनके साथ गठबंधन करते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं प्राइड भोपाल के संचालक अनुपम पंडित का कहना है कि प्राइड होटल्स ग्रुप देश में सबसे तेजी से बढ़ रही और मुख्य हॉस्पिटैलिटी चेन में से एक है यह होटल चेन अपने मेहमानों को शानदार सेवा और सत्कार देने के लिए बुनियादी मूल्यों से कोई समझौता नहीं करता भरपूर सुविधाओं से लेस इस होटल में 75 सेगोनोमी वर्क टेबल्स वाईफाई कनेक्टिविटी एलईडी टीवी तथा सेफ्टी लॉकर उपलब्ध है साथ ही चौबीस घंटे रूम सर्विस ट्रेवल डेस्क एक मल्टी कुीन रेस्टोरेंट तीन बैंकेट हॉल्स एक बोर्ड रूम और एक रूफटॉप टॉप बैंकेट और लगभग बीस हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला हरा भरा लॉन शामिल है इसके अलावा होटल में एक स्विमिंग पूल हेल्थ क्लब और एक फिटनेस सेंटर भी मौजूद है मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है